आपको जानकर हैरिया होगी कि पृथ्वी की सतह का लगभग 70 परसेंट मासावरों के द्वारा कवर किया गया धरती पर पूरे पानी का कम से कम तीन प्रतिशत पानी मिठा है बाकी सब पानी नमकीन है तो है ना हरियाणा करने वाली बात हेलो नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज में दोस्तों आज हम आपको समंदर से जुड़े दस ऐसी बातों के बारे में बताएँगे जिनको सुनकर आप हरियाणा जाएंगे नंबर वन दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है यह पृथ्वी की सतह पर लगभग तीस परसेंट एरिया में फैला हुआ है प्रशांत महासागर की औष्टम गहराई उनतालीसौ उनतालीस मीटर है मारियाना खाई से अगर इसकी गहराई को नापा जाए तो यह लगभग दस मीटर के आसपास अथलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो धरती की लगभग इक्कीस एरिया में फैला हुआ है उन्नीस में अटलांटिक महासागर में ही टाइटैनिक जहाज डूबा था जो जो अटलांटिक से होकर अमेरिका तक अपनी पहली यात्रा के दौरान हिमशैल से गया था फैक्ट नंबर तीन हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है यह धरती की सतह का लगभग चौदह परसेंट हिस्से में फैला हुआ है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रैच के नाम से जाना जाता है जो लगभग बहत्तर मीटर गहरा है और इसकी उष्टम गहराई लगभग अड़तीस मीटर है फैक्ट नंबर फोर दोस्तों आपने सुना तो होगा ही ज्वालामुखी जब फटता तो उसमें से आग निकलती है लेकिन महासागरों में जब ज्वालामुखी फटता तो उसमें से आग नहीं उसकी बजाय कीचड़ और मीथेन गैस निकलती है पृथ्वी पर लगभग 90% ज्वालामुखी गतिविधियां महासागरों के नीचे ही होती हैं फैक्ट नंबर पाँच क्या आप जानते हैं लगभग 10000 शिपिंग कंटेनर हर साल समुद्र में खो जाते हैं उनमें से 10 परसेंट जहरीले रसायन से भरे होते हैं जो महासागरों में रिसाव के कारण महासागरों का पानी को गंदा कर देते हैं फैक्ट नंबर छः मृत सागर दुनिया का अकेला ऐसा समुद्र है जो लगभग सबसे कम जगह में फैला हुआ है यह लगभग अड़तालीस मील लंबा और ग्यारह मील चोड़ है मृत सागर दुनिया में मौजूद सागरों में एक ऐसा समंदर है जिसका पानी और समंदरों से छः से सात गुना खारा और भारी है फैक्ट नंबर सात दोस्तों क्या आपको पता है अगर समंदर का पानी खारा न होता तो क्या होता यदि समंदर का पानी खारा नहीं होता तो गर्म क्षेत्र और गर्म हो जाते और ठंडे क्षेत्र और अधिक ठंडे हो जाते फैक्ट नंबर आठ समंदर के पानी में इतना नमक मौजूद है यदि पूरे समंदर का पानी सूख जाए तो पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत को फैलाया जा सकता है नंबर no. नौ हिंद महासागर दुनिया का सबसे गर्म महासागर है इस महासागर के पानी का तापमान कभी कभी 36.6 डिग्री सेल्सियस तक चला समंदर में एक ऐसी हिस्से में जगह जिसे बर्मुड़ा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है ब्रहमुंडा ट्राएंगल में पिछले सौ सालों में असमान्य रूप से कई वायु और जलयान ऐसेमय तरीके से गायब हो चुके हैं अब तक बरमुंडा ट्रायंगल में करीब एक हज़ार व्यक्ति लापता हो चुके हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें धन्यवाद